मेरे भी दिल दे ओ चोली विच मेरी दुखड़े पे मैं जान दुख तो खें बेबजा होंगे ने मैं जान दुख खें बेबजा होंसी हसीरा मे